देखिए जादूगर हमें कैसे पागल बनाते हैं ये लड़की किस तरह से पलक झपकते ही कपड़े बदल लेती है असल में दोस्तों ये एक सीक्रेट ट्रिक है जिसे जादूगर इतनी तेजी ऐसी अंजाम देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये ट्रिक जादूगर के कपड़ों में छिपा होता है इस ट्रिक के जरिए जादूगर जो कपड़े यूज करते हैं ये कपड़ा आम कपड़ों ऐसी काफी डिफरेंट होता है ये कपड़े इस जादू के लिए खास तरह ऐसी डिजाइन किए जाते हैं इन कपड़ों को कई सारी लेयर में बनाया जाता है जैसे की ये लड़की को देख ऐसा लग रहा है जैसे की उसने कई सारे कपड़े एक साथ पहने हुए हैं आखिर इतना मोटा कपड़ा कौन पहनता है और देखिए वीडियो के इंड तो एकदम पतली हो जाती है